हेलो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब के किसी भी वीडियो में लोगो लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा आप लोग देखते होंगे आपका जो वीडियो चलता रहता है ऊपर साइड से एक लोगो आपके वीडियो में दिखाई देता है राइट साइड में हो सकता है नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है कहीं पर भी आप देख देखते हैं कि आपके वीडियो में लोगो एड रहता है इसी तरीके से आप भी अपने YouTube के किसी भी वीडियो में लोगो ऐड कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको अपने मोबाइल फ़ोन से सिंपली आसानी से दो मिनट में आप अपने वीडियो में लोगो ऐड कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो में लोगो ऐड कर सकते हैं दोस्तों अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नीचे बेलाइकन है बेलाइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको भी यूट्यूब से संबंधित हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों मैं हमेशा यूट्यूब से संबंधित टिप्स लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें तो दोस्तों बिना देर के हम आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर ले चलते हैं वहाँ तो पर हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब के वीडियो में लोगों ऐड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लोगो ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम काइन एप्लीकेशन है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी मदद से आप आसानी से अपने किसी भी वीडियो में लोगो ऐड कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन में काइन एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर साइज़ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा दोस्तों जैसे मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर सिक्सटी नाइन का साइज़ सेलेक्ट करेंगे जो पहला वाला है इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अपने वीडियो सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपका वीडियो रखा है जिस भी वीडियो में आप लोगों ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने अपना वीडियो जो है सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर नीचे आ चुका है मेरा वीडियो इस वीडियो में आपको लोगो ऐड करके बताऊंगा कि कैसे YouTube वीडियो में लोगो ऐड कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर बैग चला जाना है बैग जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे मीडिया लेयर और रिकॉर्डिंग और ऑडियो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएँगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मीडिया इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट और हैंडराइटिंग। तो दोस्तों यहां से आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मीडिया वाला इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप अपना जो लोगो है वो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी लोगो को आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर रखा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोग है वो कम्प्लीटली हो गया इस क्रॉप करके अब आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं राइट साइड में लेफ़्ट साइड में नीचे ऊपर जहाँ पर भी आपकी मर्जी है वहाँ पर आप लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों ये मैंने यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में सेट कर दिया है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे देख रहेंगे तो इसको आप अपनी जितनी जो टाइम है उसमें आप पूरा कम्प्लीटली लगा सकते हैं इस तरीके से अगर आप दोस्तों थोड़ी सी जगह में ही लगा कर छोड़ देंगे तो आपका जो वीडियो है उतनी देर चलेगा उतना ही यहाँ पर यहाँ पर देखिए मैंने अपने इस पूरे वीडियो में इसको ऐड कर दिया है इसके बाद दोस्तों मैं इसको आपको यहाँ पर चला के बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो लोगो लगाया है वो किस तरीके से काम करता है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है राइट पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्ले करके मैं बताऊँगा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 तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने जो लोगो ऐड किया है वो मेरे जो जितनी टाइम मेरा वीडियो चल रहा है उस वीडियो में कम्प्लीटली पूरा लोगो ऐड हो चुका है तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से कायन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से अपने वीडियो में लोगो ऐड कर सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों इसमें कोई भी चार्जेज नहीं देना पड़ता है अगर आप काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मैं हमेशा यूट्यूब से संबंधित टिप्स लेकर आता रहता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय जय हिंद बंदे मातरम